घरों में ये जो चक्की चलाने का काम माताएं करती रही हैं, मैंने इन माताओं पर एक छोटा सा रिसर्च अभी पिछले साल पूरा किया मेरे एक दोस्त हैं आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, उनके साथ मिलकर वो गाँव में रहते हैं तो मैंने कहा आप गाँव की कुछ महिलाओं पर अध्ययन करिए कि जो चक्की चलाती है इनके बारे में जरा पता करिए और जो चक्की नहीं चलाती पिसा हुआ आटा लाती है तो उन्होंने कहा जो चक्की चलाने वाली माताएं हैं उनके गाँव में नब्बे माताएं हैं किसी को भी सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई है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 महिला चलाएं तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा गेन है एक्स्ट्रा गेन माने आपको जो एक्स्ट्रा ऑर्गन है बॉडी में यूट्रस वो पुरुष को नहीं है इसको मदद मिलेगी आपको फ्लेक्सिबल बनाए और मैं आपको एक बहुत गहरी बात कहने आया वो माताओं बहनों को विशेष रूप से उम्र के एक पड़ाव में जब आप पैतालीस वर्ष के आसपास हो जाएंगी तब आपको गर्भाशय के बहुत सारे कॉम्प्लीकेशन शुरू होंगे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 पेट पे ही आता है चक्की चलाने में भी सबसे ज्यादा जोर पेट पे आ रहा है तो ऋषि मुनियों ने ये चक्की का आविष्कार जब किया होगा और सिलबट्टे का आविष्कार किया होगा तो किसी माँ को ध्यान में रखकर ही किया होगा ये पक्का है। अब नियमित रूप से आप सिलब्टा चला रहे हैं और चक्की चला रहे हैं तो यूट्रस के आसपास की जो माशपेशियां हैं वो हमेशा नरम और मुलायम रहने ही वाली है तो आपकी जिंदगी के कॉम्प्लीकेशन पैतालीस साल के बाद कम रहने वाले हैं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 वहां उस समय शायद लोगों का शरीर भी इतना मजबूत था तंदुरुस्ती भी इतनी अच्छी थी घी दूध भी अच्छा खाने को मिलता था तो वो एक, एक दो दो घंटे चला सकते थे आज के समय को ध्यान में रखते हुए 15 से 20 मिनट भी आपने चलाया या तो सिलबट्टा या तो चक्की तो जिंदगी आपकी एकदम सुरक्षित और निरोगी रहने वाली तो विज्ञान के साथ रसोई सबसे ज्यादा इस देश में जुड़ा हुआ है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 और चक्की और सिलबट्टा ये स्पीड कम है धीरे